हाँ आ, आ आ आ लगता।, भी भी लगता है कुछ बड़ा हाथ मारना पड़ेगा बड़ा हाथ मारने के लिए ओके बॉस आज आप अड्डे प्लान बनाएंगे तो okay, चलो कल का मिशन हमारे कातिलपुर है हाँ बॉस नहीं बॉस बोस में हमसे नहीं हो पाएगा क्यों क्या होता है उस गांव में नहीं बॉस वहाँ के लोग मान लेता है बॉस उस गांव के बारे में हम सुने कि उस गांव में कोई चोर पकड़ाता है तो उसे कस के मार लेता है उस गांव के लोग या? उस गाँव का लोग मान लेता है उस गांव के लोग कस के मान लेता ये सब बात झूठ किसने कह दिया कस के मार लेते हम खुद वही से हाँ हम नहीं जाएगा हमसे नहीं होगा आप लोग के जना जाओ। जाना है तो जाओ छोटा भी इतना जल्दी है। मैं से जा। जा, ते ते है नहीं नहीं हो हो पाएगा हम तेरे को तुमसे ये काम। अब सला छोटा ए सला चकना जायेंगे तो खाते पे नहीं जाएंगे कितना देर बैठा ए साकरिया अंधेया में बुजान रहा है फटाफट बोलता है चल अबे ई साला हमको करिया बोल दिया रे अबे साला कम नहीं छोड़ेंगे बे ए करिया थोड़ा सा इनको मार दे छु छु ऐ थोड़ा दे ऐ चल भाई ए चल आवाएगा नहीं गलती गलती गलती हो हो गया हो गया बॉस बॉस बॉस बॉस आप से आगे भी मैं छोटा no! को मारना चाहता था कोई बात नहीं कोई करे कोई बात नहीं ठीक है चलो बॉस आप छोटा भिन का क्या करना है को बॉस अबे अड्डा चेंज करना पड़ेगा हाँ अड्डा चेंज करना ही पड़ेगा चलो बहुत छोटा सिगरेट लाओ यार कल हम लोगों को छोटा मोटा चोट कल कि हमारे पास पैसा भी नहीं और खाने पीने भी नहीं है कल छोटा मोटा चोरी करेंगे हाँ जाओ कल मिलते हैं अभी तक नहीं गया जाओ यार कल मिलेंगे कितने बार बोलू यार अरे बॉस वो वो क्या वो क्या लड़ाको oh no. क्या वो क्या वो लगा तुमको बताओ ना यार ठीक है चलो हम गए हो ये क्या कर रहा है बॉस आपने कहा था कि खोल के देख कहने के लिए मेरा मतलब वो नहीं था कि खोल के कहने के लिए सब सब बताओ यार बस वो सिगरेट चाहिए जाओ चले कर मिलेंगे खाली सिगरेट पीने को लगता है जाओ अब बॉस एक बार बता दे कौन सा सिगरेट है ना ना इसमें स्वाद है न सलाई खत्म हो रहा है सलाई नकली है है है हो रहा है, ये का पाइप चोरी कर है करिया को बोलाता हूँ हेलो करिया जल्दी यार oh no. जल्दी आ गया बस आगे करिए आओ यार अम्मा दो बंदे और भाई के साथ रहने के लिए नहीं दोनों बुलाओ दोनों को आ रे ये और दूसरा कहाँ है मुझे बहुत है तू भी कर अरे अरे यार तुम तो बोले थे दो तो आदमी में डेढ़ी आदमी लग रहे हैं बस वो कहावत सुना छोटा पैकेट बात का वही है ये अच्छा ये बात है इसका भी करना कर सकता है नाम नाम क्या है ते? पैजामा है तेरा मेरा ये कैसा नाम है? जैसा भी मेरा नाम है काम देखो नाम है तेरा नाम क्या मेरा नाम नाम नाम मिस्टर है है है ये कैसे नाम से तो रहा है। आपका नाम क्या ओह oh, नो no. मेरा नाम मोहरी है hey. नाम से क्या होता है क्या काम कर